अगर तो वो पूरी तरह राजी हो दीन पर एक है खुदा न खास्ता माजल्ला मजबूर दीन को कबूल करना और बाद हमारे लिबरल लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं जी हूँ हूँ मैं मुसलमान मैं भी हूँ आश के रसूल मैं भी हूँ किताबो सुन्नत का मानने वालों भाई को दलील भी तो देना यहाँ जो किताब सुन्नत का मानने वाला है वो मस्जिद जाता हुआ भी नज़र आता है वो कुछ सदक़ात खैरा करता भी नज़र आता है कभी उसके घर वाले कुछ हरी पर्दा भी कर लेते हैं तू भी मानने वाला है तो दिल से मानना इनशा सदर हो ना यानी तू, तू तस्लीम कर जाए मेरे उस्तादी एक बात कहा करते थे मुझे बड़ा ही मजा आता था दिल बाग बाग हो जाता था उस्ताद फरमाया करते थे मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं उसने मुझे पीर दिए तो सब से आला उसद दिए तो सब से आला और मां बाप दिए तो मेरी नजर में सब से आला और ये सोच सभी को रखनी चाहिए ना सभी को रखनी चाहिए ना कि मुझे अल्लाह ने बेहतर जगह दी फरमाया मेरी ये सोच है कि सबसे बेहतरीन तरबियत करने वाले मुझे मिले हजूर क्या फरमाते हैं? नबी सलाम ने फरमाया फरमायाबूदाउ शरीफ की अधीस है फरमाया जो बंदा कहे ना रदी तो बिल्लाबा मैं इस बात पर बड़ा ही राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है वबिल इस्लाम दीना और इस्लाम मेरा दीन है इस पर मैं बड़ा राजी हूं कि इस्लाम मेरा दीन है मुझे बड़ा ही मजा आया इस्लाम को दीन मान के फर मैं जो कहे रदी तुम्हे रब्बा मैं बड़ा राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है वा बिल इस्लाम और इस्लाम मेरा दीन है वा वा मौलाना दिन नबी रसूला और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मेरे नबी और रसूल मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह फरमाया जो बंदा कहे ना अल्लाह मेरा रब है मैं बड़ा राजी हूँ इस्लाम मेरा दीन है मैं बड़ा राजी हूँ नबी पाक मेरे रसूल और मैं बड़ा राजी हूँ फरमाया जो ये कहे ना रब उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है